लास्ट टाइम हम आवाज आ रही है आपकी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेक्टेड yes. वैल्यू उससे रिलेटेड तो एक सवाल तो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू जॉइंट प्रोबेबिलिटीज ठीक है तो पहले सवाल देख लेते हैं फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी का आईडिया फॉर एग्जांपल कूपर को इज कंसर्नड अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एंड इज लुकिंग फॉर वेस टू इनकॉर्पोरेट रिस्क इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रोसेस The company has heard that probability analysis may be useful in this regard, and so the following information related to the proposed investment has been prepared. Year one cash flows, cash flows given, probabilities given. इसका मतलब है year one में अगर one million आता है, इसकी probability zero point one, two million भी आ सकता है probability point five, three million भी आ सकता है probability point four. ठीक है normal normally हम क्या करते हैं इसकी expected cash flow निकाल लेते. 2 3 5 3.5 ज्वाइंट नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो एयर वन के एंड कैश फ्लो एयर टू के ये आपस में डिपेंडेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये ये जो 2 के आएंगे ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि एयर वन में ये कैश फ्लो होने चाहिए अगर एयर वन में कैश फ्लो होगा तो ये एयर टू में कैश फ्लो होंगे तो इसका मतलब है दो इवेंट्स आपस में कनेक्टेड है और उन दोनों की इवेंट्स अगर आप दो इवेंट्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो भी आपस में कनेक्टेड होंगी और रिजल्ट्स के लिए हमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़े अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द मीन एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एट मार्क्स का क्वेश्चन है और हमें एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनानी सो हम एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम पहला कॉलम बना लेते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर चाहिए डिस्काउंट फैक्टर अवेलेबल है राइट नाउ आप लोगों के पास डिस्काउंट फैक्टर है राइट नाउ हेलो तो पहले साल का जो कैश फ्लो है हमारे पास वन मिलियन वन मिलियन, वन मिलियन का अच्छा ट्वेल्वेंट परसेंट का डिस्काउंट फैक्टर बताएं बताएर वन का पॉइंट एट नाइन थ्री से मल्टीप्लाई कर दें पॉइंट से एंड फाइंड आउट द वैल्यूज पॉइंट नाइन थ्री हाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा एट नाइन थ्री एट थ्री दोबारा बोले वन सेवन एट सिक्स और टू सिक्स सेवन नाइन फाइव नाइन फोर टू सिक्स सेवन नाइन टू तो ये मैंने जो है वो पहले साल के कैश फ्लो और ये दूसरे साल के कैश फ्लोज को पीवी फैक्टर में लगाकर प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया अब इसकी बेसिस के ऊपर मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी टेबल सी प्रोबेबिलिटी टेबल। तो उसके लिए पहले मैं एक कॉलम बना रहा हूँ ईयर वन कैश फ्लो का उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी उसके बाद ईयर टू के कैश फ्लोज और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी 893 नाइंटी देखें जी अगर पहले साल 893 आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है .01 तो सेकेंड ईयर में क्या आ सकता है सेकेंड ईयर के अंदर 191594 आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है पॉइंट एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है फिर अगर हम एक और कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो अगर पहले साल 893 आ सकता है तो दूसरे साल 2391 आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है पॉइंट और दूसरे साल 5000 आ सकता है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 3958 जिसकी प्रोबेबिलिटी है पॉइंट वन अगर पहले साल 893 आता है ये कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि ये दो ईयरस के जो कैश फ्लोज हैं, ये आपस में किस तरह से डिपेंडेंट है कि ईयर वन में अगर 893 आता है तो एयर टू के तीन फर्दर आउटकम्स हो सकते हैं जिसमें वन फाइव नाइन फोर भी हो सकता है टू थ्री नाइन वन भी हो सकता है थ्री नाइन फाइव एट भी हो सकता है इसी तरह अले. इसी तरह अगर एयर वन में टू मिलियन आता है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू वन सेवन एट सिक्स है तो हमारे पास वन सेवन एट सिक्स में जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई और प्रोबेबिलिटी आ गई पॉइंट ये तीन ऑप्शन दोबारा आ सकते हैं ये तीन ऑप्शन होंगे एयर टू के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी है .0.3 yeah. सात क्या कह रहे हो Oh, so सर सर इसमें क्या करूर कंप्लीट कर लू टेबल को तो ये इस तरह से हमने टेबल बना लिया अब हम क्या करेंगे इसकी बेसिस के ऊपर हम पहले और दूसरे साल के कैश फ्लोज को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे कंबाइन कैश फ्लोज आ गए 893 नाइन्टी थ्री प्लस वन फाइव प्लस वन सो दैट इज 2487 और सेकेंड ईयर के हमारे कम्बाइंड कैश फ्लो आ जाएंगे थ्री टू एट फोर एट सेवन थ्री टू एट फोर उसके बाद हमारे कंबाइंड कैश फ्लो आ जाएंगे फोर्टी एट सेवेंटी एट फोर्टी एट सेवेंटी एट उसके बाद डबल थ्री एट जीरो उसके बाद हमारे कैश फ्लोज हैं फोर वन डबल सेवन आफ्टर दैट हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं फाइव सेवन सेवन वन कौन सा वाला तो वैल्यू uh... एक सेकंड लेट मी चेक सही नहीं आ रही फोर टू सेवन थ्री नहीं आ रही अच्छा चेक कर लेते हैं फाइव सेवन डबल फोर आ रहा है चेक कर लेते हैं one minute, one minute. थर्डी सही थी। अच्छा ठीक है दोबारा कर लेते हैं चलें एट नाइन्टी थ्री प्लस थ्री नाइन फाइव एट सो देट बिकम थ्री जीरो सिक्स फाइव अब सही है उसके बाद वन सेवन एट सिक्स प्लस वन फाइव नाइन फोर थ्री थ्री एट जीरो सही है उसके बाद वन सेवन एट सिक्स प्लस टू थ्री नाइन वन फोर डबल फोर वन डबल सेवन ये भी सही है वन सेवन फाइव सेवन आ रहा है three, nine, five, five, five, seven, seven, four आ रहा है यू आर राइट फाइव सेवन डबल फोर आ गया फोर टू सेवन थ्री आ रहा है क्या फोर टू सेवन थ्री फाइव जीरो सेवन जीरो and the next is 6664. ये combined cash flows आ गए ना दोनों combined cash flows आ के आ गए कि ये आएंगे टोटल और इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे दोनों साल की probabilities को मल्टीप्लाई कर दें देंटी एक सेकेंड किसकी गलत है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सही है सही है सही है सही है सही ये वन फाइव नाइन फोर टू तो थ्री नाइन वन और थ्री नाइन एट फाइव थ्री था, नाइन एट फाइव यह गलत है थ्री नाइन एट फाइव थ्री नाइन एट फाइव और इस तरह वन फाइव नाइन फोर टू थ्री नाइन वन थ्री नाइन एट फाइव सो ये हो गया थ्री नाइन एट फाइव और ये भी हो गया थ्री नाइन एट फाइव आप सही है अच्छा आप प्रॉबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट वन सो ये हो गई ऐसे पॉइंट जीरो थ्री सही सही नहीं नहीं नहीं है सर, नहीं है है कैश फ्लोस सर कौन सा गलत है सर थर्ड वाला जब चेंज चेंज तो आंसर भी, तो भी एक सेकेंड मैं चेक चेक करता हूँ आंसर चेंज होगा नहीं होगा एट नाइनटी थ्री प्लस थ्री नाइन एट फाइव तो थ्री जीरो सिक्स फाइव की जगह आ रहा है फोर एट सेवेन एट तो फोर एट सेवन एट आएगा फोर एट सेवन एट और भी फाइव सेवन सेवन वन फाइव सेवन सेवन वन तो ये आएगा फाइव सेवन सेवन वन और लास्ट वाला आएगा आपका ट्रिपल सिक्स फोर लास्ट वाला ठीक है ये ये भी 4273, ये भी ठीक है, फाइव है सेवन बाकी सारे ठीक है अच्छा प्रोबेबिलिटीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट टू फोर जीरो आ गई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएंगे हमारे पास पहला आंसर आएगा 74.6, दूसरा आंसर आएगा 197, तीसरा आंसर आएगा 48.8। नेक्स्ट आएगा Five zero seven point zero. One two five three point one. Two double eight point six. Five one two point eight. One two one six point eight. टू डबल सिक्स पॉइंट सिक्स अब इसको टोटल कर टोटल कर लेंगे कि इसका टोटल आंसर कितना आ रहा है दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस इसका टोटल आंसर हमारे पास आएगा कर कर ले round off. Okay. और initial investment minus कर दें थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड की तो एनपीवी कितनी आएगी 8, 6, यानि कि अगर एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू के डिसीजन लिया जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वायबल प्रोजेक्ट है ठीक है पहले रिक्वायरमेंट हो गई पहले रिक्वायरमेंट में पूछा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये बताएं के कैल्कुलेट द प्रोबिलिटी के एनपीवी नेगेटिव आएगी NPV नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी तो हमें हर ऑप्शन में NPV निकालनी पड़ेगी पॉसिबल ऑप्शन में तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना देता हूँ किसका नेट प्रेजेंट वैल्यू का ताकि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकूँ तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ मैं कैश uh, फ्लोज ले रहा हूँ ये वाले कि दो साल के नेट इनफ्लोज गएंगे और आउटफ्लो कितना होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट थ्री सो so, 3,500 में से अगर मैं इनफ्लो माइनस कर दूं 2487 तो नेगेटिव एन आ जाएगी 1013 इसी तरह अगर कैश फ्लो हो 3284 और मैं माइनस कर दूं 3,500 तो माइनस एन आ जाएगी 216 की अच्छा इसके अंदर पॉजिटिव एन आएगी इसके अंदर भी माइनस आएगी 3380 थ्री एट माइनस थ्री फाइव की माइनस एन आएगी बाकी सारे ऑप्शन में पॉजिटिव एन आएगी ठीक है सो देर आर थ्री ऑप्शन जिसके अंदर नेगेटिव एनपी आ रही है तो अगर इनकी तीनों की एन को प्लस प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया जाए ये दो हो गए और एक ये हो गए 15 इनको प्लस किया जाए 0.03 0.06 और 15 कितना होगा 0.24 तो हम कहेंगे ट्वेंटी 24% परसेंट प्रोबेबिलिटी दैट एनपीवी नेगेटिव ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या कम प्रोबेबिलिटी है हाई प्रोबेबिलिटी है लो प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है 24 फोर तो सिक्सटी परसेंट चांसेस क्या होंगे पॉजिटिव एनपी आएगी पॉजिटिव एनपीपी अगली रिक्वायरमेंट क्या है कैलकुलेट the एनपीवी ऑफ द मोस्ट लाइकली आउटकम वॉट इज most likely outcome? मोस्ट लाइकली आउटकम वो आउटकम होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इस पूरे टेबल में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है सबसे ज्यादा सही है point, point, point मोस्ट लाइकली आउटकम पॉइंट थ्री जीरो कैलकुलेट द एन पीबी ऑफ द मोस्ट लाइकली आउटकम इस पे एनपीबी निकाले मोस्ट लाइकली आउटकम पे तो फोर वन डबल सेवन फोर डबल सेवन माइनस थ्री डबल जीरो सिक्स डबल सेवन तो हम ये कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि uh, 30% चांसेस हैं मोस्ट लाइकली हमारी जो एन आएगी वो 667 सिक्स आएगी सही है जी कमेंट ऑन द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोपोज इन्वेस्टमेंट अब इसके लिए मैं जो है ना वो uh, आपके सामने आंसर शेयर करता हूं ताकि हम उसके आंसर को डिस्कस कर लें वैसे तो हमें पता है वन मिनट एक मिनट दे मैं आंसर शेयर करता हूं तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये बात करें कि एन पी वी ऑफ द प्रोजेक्ट पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट फिजबल है हम इसके मोस्ट लाइकली आउटकम को देखेंगे तब भी ये अच्छा प्रोजेक्ट है और अगर हम इसके नेगेटिव एन आने के चांसेस पे बात करेंगे तब भी हमें इस प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी अच्छी लग रही है सो so, ओवरऑल ये प्रोजेक्ट इट प्रोजेक्ट सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट लेकिन मैं इसका एग्जामिनर का आंसर शेयर कर रहा हूं रिगार्डिंग कि आप इसके आंसर पे क्या कमेंट करेंगे देखें जी सो ओवरऑल नेगेटिव एनपीवी आने के चांसेस कितने ट्वेंटी फोर परसेंट मोस्ट लाइकली आउटकम आने के चांसेस हैं सिक्स डबल सेवन एनपीवी हाईएस्ट ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और ये हमने निकाली थी थर्टी परसेंट कॉमेंट दी मीन एनपीवी is positive so it might be thought that the proposed investment is financially acceptable however the mean expected npv is not a value expected to occur because of undertaking the proposed investment but a mean value from undertaking the proposed investment many times there is no clear decision rule associated with the mean expected npv a decision on financial acceptability must also consider the risk of a negative npv being generated by the investment at 24% this might appears too high a risk to be acceptable the risk preference of the directors will inform the decision on financial acceptability there is no decision rule to be followed here yani ki ke unka kehne ka maksad ye hai ki 24% agar ek risk taker hai us risk taker ke liye to koi masla nahi hai lekin agar ek risk averser hai to is risk averser ke liye 24% is too much तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ये इन्वेस्टमेंट वो नहीं लगाएगा एवरेज बेसिस पे देखा जाए प्रोबेबिलिटी को ठीक कंसीडर किया जाए तो फिर हमारे लिए प्रोजेक्ट वाइबल किया जाएगा सही तो है जी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अच्छा ये दो मेथड्स हमने दो मैथड हमने कंसिडर कर लिया है एक तो हमने सेंसिटिविटी कंसीडर किया और दूसरा हमने एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर किया। अब कुछ और, uh, के हैं जो तीनों में से कोई भी दो मैथ्लेन करते हैं एडजस्टेड पे हमने डिस्काउंटेड पे मेथड पढ़ा था याद है पे मेथड याद है क्या था पे बैक मैथडो पे बैक मेथड में ये हम करते थे कि जो कैश फ्लो के पे जिस कैश फ्लो का पे जल्दी आता है वो हमारे लिए कम रिस्की प्रोजेक्ट होता है सही है? सो so, जिसका लो पे होता है वो प्रोजेक्ट कम रिस्की होता है और जिसका हाई पे होता है वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है अब इसको बेस बनाकर अगर हम पे uh, को यूज करें तो हाउ वी कैन इलिमेट रिस्क हाउ कैन क्वांटिफाई रिस्क एंड एंडी एंडिटी आर कंसिडर्ड बीम पे बैक टू एडजस्ट फॉर रिस्क एंडिटी इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एज अनसर्टेटी इनक्रीज दीरियड कैन बी शॉर्टन टू इंक्रीज देश फ्लोज टू द प्रेजेंट टाइम एनहेंस लेस अन conversely as uncertainty decreases the payback can be lengthen to decrease the emphasis on cash flow which are nearer to the present time discounted payback adjusts the risk invest in investment appraisal in that risk is reflected by the discounted employed discount payback can therefore be seen as an adjusted payback method to so, usme hum ye keh sakte hain ki agar hum apna cost of capital zyada rakh ke discount karenge तो शॉर्ट पे आएगा यानी कि पे अचीव करने में प्रॉब्लम होगी और शॉर्ट पे वाले प्रोजेक्ट अगर हम अचीव करने जाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि कैश फ्लो कम रिस्की होंगे इनिशियल ईयर में कैश फ्लो कम रिस्की होते हैं और सब्सिक्वेंटली कैश फ्लो ज्यादा रिस्की होते हैं ईयर वन और टू में कैश फ्लो कम रिस्क होते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन में कैश फ्लो ज्यादा रिस्की होते तो हम अगर पे बैक मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे काफी अनसर्टिनिटी uh, जो है वो इसमें से निकल जाएगी और रिस्क एडजस्टेड रेट हमने पढ़ा था कैपेम की डिस्कशन के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो लेट्स डिस्कशन लेकिन हम ये कवर कर चुके हैं हमने कैपएम uh, के अंदर पढ़ा था प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिस इज सेम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि एक प्रोजेक्ट को हमने इवैल्यूएट किया और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है जिसके ऊपर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं और 12% परसेंट ले लें फॉर एग्जाम्पल नाउ कैलकुलेट एनपीवी अगर if it is still positive so go ahead and if it's converted into a negative npv that means ki project cost of capital se zyada vulnerable the risk adjusted uh, with an investment project can be incorporated into the discounted is a risk premium over the risk free rate of return the risk premium can be determined on a subjective basis for example by recognizing that Launching a new product is intrinsically riskier than replacing a machine or a small expansion of existing operation the risk premium can be determined theoretically by using the capital asset pricing model in an investment appraisal context a proxy company equity beta can be unlevered and the resulting asset can be regeared to reflect the financial risk of the company giving a project specific equity beta which can be used to find a project specific cost of equity or a project specific discount rate So, यह हम ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छा जी एक नया मेथड विच इज कॉल्ड सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है और सिमुलेशन की थ्योरी क्या है देखिए हम लोगों ने हम लोगों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस किया था सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं वन वेरिएबल एट अ टाइम चेक करते हैं वन वेरिएबल एट अ टाइम और उसका इंपैक्ट फाइंड आउट करते हैं कि रिज़ल्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सेंसिटिविटी और हमने उसके ड्रॉबैक्स में पढ़ा था कि मल्टीपल फैक्टर्स मल्टीपल वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप डिपेंडेंसी को सेंसिटिविटी एनालिसिस एड्रेस नहीं करता तो हमें यह पता नहीं लगता फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेलिंग प्राइस और यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट को एक साथ असिस्ट करना चाहूं कि इन तीनों में क्या चेंज आएगा और मेरी एनपीवी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा तो मैं वो सेंसिटिविटी से फाइंड आउट नहीं कर सकता अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे एक बेहतर मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल कॉल्ड सिम्युलेशन टेक्निक तो सिमुलेशन टेक्निक्स के अंदर हम करते क्या है सिमुलेशन टेक्निक्स के अंदर हम आइडेंटिफाई uh, करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट किन किन वेरिएबल से अफेक्टेड है मल्टीपल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं उन मल्टीपल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर उनका इंपैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट सीनारियोज के अंदर प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करके एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं और ये जो प्रोसेस है ओवरऑल ये मैन्युअली नहीं हो सकता ये एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन या एक कंप्यूटराइज्ड पैकेज के जरिए होता है इसलिए एग्जाम में सिर्फ इसकी थ्योरी आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिम्युलेशन मैथड क्या होता है और हाउ डैट सिम्य मैथड वर्क तो थ्यूरी पढ़ लें काफी है बस कैल्कुलेशन नहीं आएगी लेट मी शेयर यू द आंसर और ये आंसर आपके लिए इनफ होगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर सिमुलेशन को डिफाइन करें तो एग्जाम में काफी होगा सिमुलेशन इज अ कंप्यूटर बेस्ड मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वेयर बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन associated with individual project variables and interdependency between variables are incorporated random numbers are assigned random numbers are assigned to a range of different values of a project variable to reflect its probability distribution each simulation run randomly select values of project variable using random number and calculate a mean expected npv a picture of the probability distribution is built up from the results of repeated simulation run the project risk can be assessed from this probability distribution as the standard deviation together with the most likely outcome in the probability of a negative npv theek hai ji